आज के दिन को शुभ बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग आप लोगों को बताएंगे तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा विक्रम 1941 सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर एक, एक मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर तिरपन मिनट पर नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी के उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा करण जो रहेगा ये चतुष्पाद नाग और इसके उपरांत स्तुधन करण रहेगा दर्शकों पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है तिथिवान नक्षत्र योग करण तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी 11 बजकर छप्पन मिनट तक की इसके उपरांत तो प्रतिपदा लग जाएगी अमावस्या तिथि के बारे में दर्शकों हमने पूर्व में आपको बताया था कि जो साग लाल रंग का होता है वो नहीं खाना चाहिए काँस की कटोरी में किसी भी प्रकार के जो है आहार का सेवन नहीं करना चाहिए और अमावस्या वाले दिन या पूर्णिमा के दिन इन सब ये सभी जो तिथियाँ हैं ना दर्शकों ये बहुत ही ज़्यादा जो है